मेरा नाम है साहिल मैं हूं आपका अपना दोस्त बेस्ट वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि आप अच्छा खासा पैसा कैसे कमा सकते हैं अप्रेट मार्केटिंग से और साथ ही मैं बताने वाला हूं आपको कि आप अर्न करो ऐप इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा कैसे कमा सकते हैं अप्रेट से तो सिंपल है अर्न करो ऐप आप आप आपको बहुत सारी ऐसी दे रहा है जहाँ पर आप उनका लिंक सेंड करके बहुत ही अच्छा रिव्यू निकाल सकते हैं महीने का सिंपल है अर्न करो ऐप आप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर और मेरी वीडियो को देखिए आपको मैं बताऊंगा कि बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लिंक कैसे बनाते हैं जहां से आप बहुत ही अच्छा सारा पैसा कमा सकते हैं तो वीडियो को देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए तो बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए मार्केटिंग देखिए मैं बताता हूँ कैसे स्टार्ट करते हैं आपको अर्न करो तो आप तो सिंपल है आप जाइए पहले अपने प्ले स्टोर पे वहां पर आप सर्च करो ये अर्न करो मैंने इंस्टॉल कर रखा है आप वहां जाके इंस्टॉल कर लीजिए आप जाके तो सिंपल है मेरा इंस्टॉलर तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ जी मैं सीधा लॉगिन हो गया कि आपको क्या करना है सीधा जाके ईमेल आईडी डालनी है और अपना नंबर डालना है और सिंपली आप लॉगिन हो जाएंगे अपडेट स्टार्ट करने के लिए ये देखिए मैं ऐप पे आ गया कुछ इस तरह से दिखेगा आपको ऐप ऑन होने के बाद ये देखिए काफ़ी सारी कंपनियाँ यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे रही हैं फ्लिपकार्ट जियो मिंत्रा कैफी में ड्रामा मामार्थ वॉस्वा में तो सिंपल है देखिए आप अवर पार्टनर पर जाएंगे अवर पार्टनर पर काफी सारी कंपनियां आपको मिल जाती हैं लिस्टेड ये देखिए फ्लिपकार्ट आपको दे रही 13.5 परसेंट का प्रॉफिट जियो आपको दे रहा है एट पॉइंट परसेंट का प्रॉफिट दे रहा है मिंत्रा एट परसेंट का प्रॉफिट और पेटीएम दे रहा आपको 300 प्रॉफिट ये देखिए फ्लैट राइट का थ्री प्रॉफिट मतलब आप के पेटीएम लिंक से आप जो लिंक इससे भेजोगे अगर कोई इंस्टॉल करके पहला स्कैन करता है पेमेंट करता है तो आपको तीन सौ रुपये प्रॉफिट मिलेगा काफी सारी में देखिए नाइका भी है वर्षन का प्रॉफिट टाटा वन एम जी एक सौ अस्सी फ्लैट राइस प्रॉफिट काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आपको अर्न करो ऐप में देख आप कितनी सारी कंपनिया बहुत सारी कंपनी है आप देखिए एक्सिस बैंक का क्रेडिट का ऑल क्रेडिट कार्ड का टू थाउजेंड रुपये प्रॉफिट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रही है तो देखिए आपको लिंक कैसे बनाना है आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट मान लीजिए मैं उठाता हूँ मैंने उठाया टाटा का नायका को उठा लिया मैंने नायका ब्यूटी नायका ब्यूटी पे गए हम लोग कॉपी लिंक करेंगे वापस आएंगे ये दिया मेक आर लिंक मेक आर लिंक पर टैप करेंगे यहाँ पर आएँगे आपने जो वहाँ से लिंक उठाया यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए उसको और यहाँ पे देखिए लिखा मेक प्रॉफिट लिंक इस पर टाइप कीजिए आप सिंपल आपका प्रॉफिट लिंक बन के तैयार हो चुका है अगर आप चाहते तो यहाँ से शेयर ना हो व्हाट्सअप पर क्लिक करके आप अपनी स्टोरी पे लगा सकते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में किसी को घर में किसी को मान लीजिए आपको जरूरत है किसी के ऊपर लेने के लिए इसमें ग्रॉसरीज भी अवेलेबल है सिंपल है यहाँ से आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं WhatsApp पे आके और अगर आपको सोशल मीडिया में Facebook, Twitter, Instagram या अपने Facebook ग्रुप में शेयर करना है या अपनी वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्सन में किसी भी चीज़ में आपको अगर शेयर करना है चाहते हैं तो आप यहां से लिंक कॉपी कर लीजिए यहां से लिंक कॉपी करने के बाद आप वहां पेस्ट कर दीजिए जाके अगर आपके लिंक से कोई भी फ्रॉड खरीदा जाएगा तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा तो बहुत सिंपल है यहाँ पर आइए ये देखिए ऊपर जहाँ पर थ्री डॉट बने हुए हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका पूरा स्क्रीन खुल जाएगा होम होम यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक ग्रोसरीज एसेंटल मैंस वमेन वुमेन फैशन मैं वोटवेयर ब्यूटी प्रोडक्ट हेल्थ केयर पर्सनल जो डेली यूज में होते हैं बेबी प्रोडक्ट जो डेली यूज में होम और किचन ये देखिए होम और किचन पर देखता हूँ होम फर्नीस ये यह देखिए यहाँ पर साधे से प्रॉफिट दिखाया गया बिल्कुल सिंपल है चार का ही दे रहा है और आपका प्रॉफिट निकालेंगे अड़तीस इसमें दे ये देखिए पाँच सौ का दे रहे हैं ये आर्ट स्ट्रीट सेट ऑफ थ्री स्कैच ग्रीन वाइट प्रिंटेड फॉर ये वॉल आर्ट मतलब एक पेंटिंग है दीवार पे लगाने वाली इसमें देखिए पाँच सौ की सेल होगी आपको तैंतालीस रुपये प्रॉफिट इसमें मिल रहा है तो सिंपल है आपके कोई भी दोस्त अगर लेना चाहे तो आप ये देखिए आज का वर्नटे डे यार रहा है गिफ्ट के लिए अगर आप किसी को भेजना है आपको तो हमें आप से नौ बजा के व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं वह लिंक चलेगा आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा ये सोशल मीडिया पर अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी लिंक कीजिए और जैसे कि मैंने बताया था कि मेक और लिंक पे जाके आप वहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट लिंक बना सकते हैं ये देखिए माय एक्टिविटी ये देखिए मैंने कुछ प्रोडक्ट शेयर किए हैं यहाँ पे उनकी जैसे दिखा रहा है यहाँ पे देखिए मेरी आईडी दिखा रहा है ये सेल डेट और टाइम मैंने कल शेयर किया था रिटेलर नेम पे टी मैंने पेटीएम मनी का ट्रांसफर किया था लिंक और नंबर आपके लिए इस पर कितने लोगों ने क्लिक किया देखिए कि एक लोगों ने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अभी तक किसी ने ट्रांजेक्शन नहीं किया इससे और टोटल लिंक मेरी भी जीरो दिखा रही है देखिए अभी आप जी मैं नया बनाया हूँ आप लोगों को सिखाने के प्रपज से मैंने पुराना भी अकाउंट नहीं दिखाया आप लोगों को है तो यहाँ से आप लोग वो एक्टिविटी देख सकते हैं जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर की है देखिए आपको दिखाएगा कितने लोग आपके लिंक पर क्लिक किए हैं सारी चीज़ें आपको दिखाएगा ये यहाँ पर देखिए प्रोफाइल पर टैप करेंगे आप जहाँ पे आपको मिल जाता है मेक प्रॉफिट यहाँ से प्रॉफिट आप लिंग बना सकते हैं यहाँ पे आप अर्निंग देख सकते हैं मेरी कितनी अर्निंग हुई है मेरी एक्टिविटी रिक्वेस्ट पेमेंट अगर आपका पेमेंट होल्ड हुआ है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं पेमेंट के लिए अपनी आप प्रॉफिट ट्रैक कर सकते हैं अगर आपका प्रॉफिट ट्रैक हो रहा है तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट नॉट ट्रैक लिखा हुआ है यहाँ पर जाके आप प्रॉफिट अपना ट्रैक कर पाएंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ऐसा है टिकट का नंबर डालेंगे आप अच्छा वहाँ से प्रॉफिट ट्रैक कर सकते हैं अपना है अकाउंट रेडिंग आप यहाँ से कर सकते हैं चूज और लैंग्वेज आप यहां से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो आपको आती है जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं तो यहां से अपनी पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं यहां पे। ये यह देखिए रिफर एंड अर्न का ऑप्शन सबसे बढ़िया बात यहां पे एक आपको और चीज़ मिल रही है रिफर एंड अर्न देखिए रिफर एंड में क्या होता है ना कि आप अगर अपने लिंक से जैसे कि देखिए मैंने ये रिफर एंड अर्न अब यहाँ से मैंने अगर मुझे व्हाट्सएप पर किसी को भेजना है तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप पर इनवाइट कर लूँगा टेलीग्राम पर इनवाइट करना है तो मैं टेलीग्राम पर इनवाइट कर सकता हूँ और फेसबुक में अगर मुझे किसी को इनवाइट करना है तो फिर फेसबुक में इनवाइट करने के लिए यहाँ से किसी को भी लिंक भेज सकता हूँ अगर सोशल मीडिया पे ऐसे ही आप ग्रुप में किसी भी ग्रुप में लिंक भेजना है तो सिंपल आप टैप कॉपी कीजिए यहाँ से लिंक को और वहाँ पर लिंक आप अपलोड कर दीजिए जाके अपना अगर आपकी इस लिंक से कोई अर्न करो ऐप में इंटर ज्वाइनिंग करता है मतलब और यहाँ से अपना काम स्टार्ट करता है तो आपको 10% परसेंट कमीशन उसकी कमाई का मिलता रहेगा तो सिंपल है ना ऐसे देखिए आप ग्रुप में अगर आप शेयर करते हैं तो 10 लोग भी अगर आपके लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको कितना 100% प्रॉफिट तो आप डिलीट कर लोगे ना केवल उनसे बाकी आपकी कमाई तो एक अलग होगी तो काफ़ी सारी देखिए आपको यहाँ पर से सेल भी मिल जाता है ये देखिए जो आपको अपडेट आने वाली सेल होगी ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी ये देखिए सबसे तगड़ा प्रॉफिट कौन से दे रही है देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए कि फ्लैट प्रॉफिट पे अब फ्लैट प्रॉफिट पे देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट दे रही है ये जूम कार होस्ट पैंतालीस सौ का प्रॉफिट दे रही है आपको अब कि अगर जूम कार आप लिंक शेयर करते हो इस लिंक से कोई आप इस अकाउंट आप जूम कार होस्ट का लिंक का आप शेयर करोगे किसी को अगर उस लिंक से कोई इस ऐप में जा कर कोई भी चीज़ बाय और सेल करता है तो आपको पैंतालीस का प्रॉफिट मिलेगा ये देखिए एक्सिस विजिटर इनफाइन क्रेडिट कार्ड बहुत सारे मतलब ऐसे देखिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड का भी दे रहे हैं एस क्रेडिट कार्ड का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का भी दे रहे हैं काफी सारे में देखिए हर चीज में प्रॉफिट लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से सौ रुपए प्रॉफिट सत्तर रुप, बाकी नीचे होता चला जाएगा जाए देखिए बत्तीस परसेंट प्रॉफिट सबसे तगड़ा प्रॉफिट देखिए आपको देरी जूम कार पर हंड्रेड प्रॉफिट में आएंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी कंपनी मिल जाएंगे सुपर एटेक ड्रामा जिया वाओ, ऐसी कई सारी कंपनियां जहां पर आप लिंक शेयर कर सकते हैं अपना प्रॉफिट यहां से बना करके तो बहुत ही सिंपल है घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अपने लिंक बनाने के लिए और स्टार्ट कर दीजिए आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं